आले तो आज का जो तो विषय है बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर का आशीष है कि ने दिया है है परमेश्वर दिया आप के जीवन से रिलेटेड रिलेटेडन आपके जीवन से रिलेटेड है लेकिन ये जो तो विषय है इस विषय को लेकर आप मुश्किल में आते हैं परीक्षाओं में पढ़ते हैं क्या आपके पास नहीं है क्या मेरे पास नहीं है शैतान इसी बात को आपको बताना है शैतान रोज आपको तो यही बात एहसास दिलाता है कि क्या आपके पास नहीं है और आप किस चीज को जब जहन में लाते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं आप परीक्षा में पड़ जाते हैं कि मेरे पास क्या नहीं है तो so, है आप उसकी वाल ऐसे नहीं सोचते आज हमको दिया है हम तो हम उसके बारे बारे में नहीं सोचते हैं इसके ध्यान है। है, है। तो इस से समझेंगे कि परमेश्वर का आशीष जो हमारे साथ है हमें उसको महत्व देना है हमें अपनी कमियों को नहीं देखना है कौन सी कमियां हमारे अंदर नहीं है अभी भी बड़े से बड़े उद्योगपति काम कर रहे हैं उनको और पैसा चाहिए और ताकत चाहिए और सब कुछ चाहिए तो देशों में लड़ाईया हो रही है अपनी ताकत को बताने के लिए कोई नहीं है।, है और हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा परेश्वर मसीह हमारा उद्घार रहता है और शांति में राजको मानता वो हमें अपनी शांति लेकर गया है संसार की और और वो शांति हमें हमें बताती है कि हमें सुख आनंद की अनुभूति है। उस, सुख को, उस को अपने पास से जाने नहीं देना और तो हम शुरू करते हैं जब ग्रहना बारह एक से छ के बीच में ये वो आ, वचन है जब मरियम जो कि लाजर की की बहन थी। ये दूसरी बात ने मसीह मसीह के पैरों पर इत्र इत्र डाला। और डाल की और डालकर वो का चेला था। यह इस आप सब जानते उसके बारे में और इस तरीके से उसने आज मैं उस बात पर आपको लेके जाऊंगा जॉन टन टू सिक्स फसल से से दिन पहले में में आया, जहां लाजर लाजर था, हाँ। वों में से था। जिसे अब लोग को को देखने के लिए ज़्यादा ज़्यादा आ रहे थे, क्योंकि मृत्यु से, लाजर को से था। अब सोचिए मृत्यु से जीवन माया अगर आप इस वचन को सोचें, तो आप बहुत से जीवन पा चुके हैं yes, yes. आपने द्वारा अपने शारीरिक अंदरूनी मनुष्यों को मान दिया है और आपने आशीष पाया है आप जीवन इस समय लेवा आप देते हैं तो आप पहला मनुष्य को निकाल देते हैं और आपको जैसे यीशु उसके मन की जिंदा हुआ था हम भी द्वारा मन की जिंदा होगी आगे बेटा। वो लिए किया। आगे। और सेवा कर रही थी और लादर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठा था अरे का आधा ऐसी बहुमूल्य स्थल लेकर और अपने बालों से उसके और सुगंध से क्योंकि आपका प्रेम क्या है आप क्या हैं आप कैसे उसकी सेवा कर रहे हैं एक अपने तो बालों से के को रही है तो कर दिया यहां लगाया, यहां लगाया। तो है, है, है जैसे लेकिन जो तो पूरा डालती और क्योंकि क्या बताता है? कि परमेश्वर को तरतीब से किया हुआ प्रेम नहीं भाता है परमेश्वर जो चाहता दिल से मुझे प्रेम करे, चाहे आप ना उठाएं, चाहे आप उठने पर ना चाहे आप सुबह ना उठे लेकिन दिल से आज्ञाओं को कहें उसके प्रेम को कहें दिल से अट आगे बढ़िए परंतु उसके पर तो चेलों में से नामक एक जो तो बरदान दिया था यह की इशू को निकाला था। था, लेकिन आप देखिए उसके अंदर जो जो लालच की, लालच का पाप वो उसको से दूर करता देता उसके पास यीशु है उसके बाद जीवन है वो उत्तराधिकारी है वो चीजों में से एक है उसके पास वरदान है वो उस चीज को नहीं देख रहा है वो परमेश्वर की महिमा नहीं देख रहा है वो यशुसी की महिमा नहीं देख रहा है कि मेरे प्रभु की महिमा हो रही है एक महिलाई है और उसकी सेवा कर अगर हम यीशु मनाते हैं अगर प्रभु में आते हैं और कोई भाई आगे बढ़ रहा है कोई बहन आगे बढ़ रही है तो हमारे अंदर एक खुशी का आनंद होना तो मतलब चाहिए देखो ये भाई अभी तो हफ्ते पहले आया तीन हमने पहले आया और देखो किस तरीके से जो आशीष हमारे अंदर आनंद होना कि हमारे भाई ने हमारी बहन ने काम ले ली बहुत अच्छी बात है आप इस नहीं पाए। नहीं पाए कोई बात इस होती देख रहा है कि मेरे की नहीं तो है की की हो रही मरियम जो तो बहन है वो आई है और अपने बालों से उसके पैरों को तो जान रही है, वो जान है कि यह कौन है पुलिस से मेरे ईशू कहता है नहीं बोल जीवन हो जो तो इस विश्वास करेगा और मर जाएगा वो फिर जीव उठेगा वो जानते हैं उस शक्ति को वो जानते है उस जीवन को तिल है, तिल हम जान जाएंगे कि ईशु कौन है जिस दिन हम जान जाएंगे कि ईश्व की कीमत क्या है वो सर्वस्व है वो सर्वशक्तिमान है तो परमेश्वर के सिद्धांत के दायरी ओर बैठा हुआ है yes. तो उसने अपना बलिदान दिया था कि हम सुख पाए आप सुन पाए तो हमारे पापों के लिए भरा जिस दिन आगे जान जाएंगे कि यीशु मसी ने आपके सारे पापों को आपने ऊपर दे दिया है और आपको पवित्र yes. कर दिया है yes. उसे फेरे भाई आपके अंदर का जो प्रेम है ना वो उमड़ेगा yes. उमड़ेगा उमड़ेगा जब उसका प्रेम आपके अंदर होगा आपको कोई नौकरी से निकाल देगा ना आप दुखी नहीं होंगे आपका धंधा नहीं चलेगा आप दुखी नहीं होंगे कोई परीक्षा आपके सामने आएगी आप दुखी नहीं होंगे क्योंकि ईश्वर का प्रेम आपके अंदर है कहू ना इस करो जी प्रेम नहीं रहा था वो देख नहीं पा रहा था वो समझ नहीं पा रहा था कि मेरे पास क्या है वो देख पा रहा था तो सिर्फ ये चंद रुपए उसकी झोली से निकल रहे हैं शेमान क्या याद आता है आपको याद की कमिया आपके पास क्या नहीं है अगर आप ये सोचते रहिए कि मेरे भाई के पास ये है मेरे पास नहीं है मेरी बहन के पास यह है मेरे पास नहीं है तो आप जीवन में एक मसीह होने का सुख नहीं भोग पाएंगे हमें अपने उस जीवन को जो परमेश्वर ने हमें दिया है हमें संसार से निकालकर परमेश्वर ने अपनी नई सृष्टि में रचा है रेस अलॉट आप अगर अयूब के बारे में सोचें अयूब एक ऐसा उदाहरण है जिसकी प्रशंसा परमेश्वर ने की है कि उस जैसा इस धरती पर मनुष्य मैंने नहीं देखा प्रेस अयुब को शैतान ने एक घंटे में नष्ट कर दिया उसके बच्चे मर गए उसके जानवर मर गए उसका बिजनेस चौपट हो गया उसके पूरे शरीर में फपोले आ गए फोड़े हो गए प्रिंस तो लॉड और उसकी बीवी उसकी बीवी कहती है कि तुझे क्या मिला दो का दस पढ़िए अयूब दो का दस हाँ ले तो अयूब की पत्नी उसे बता रही है कि तेरे पास क्या कमी है तेरे पास कुछ नहीं रह गया आज आपका दोस्त आपका पड़ोसी कहता रहे तेरे पास क्या है कल जाता है कितने साल से जाता है पंद्रह साल से वही पैदल क्या मिला तुझे हैं? तेरा पति अभी भी शराबी है अभी भी तेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? क्या मिला तुझे उसको पता ही नहीं कि आपको क्या मिला है हाँ जी बढ़िया बेटा उसने उससे कहा हाँ। तू एक मूर् स्त्री की सी बात कर उससे पहले है। पढ़ो नवा पढ़ो नवा तब उसकी स्त्री ने उससे कहने लगी तब उसकी स्त्री अयुब की स्त्री अयुब बर्बाद हो गया सब कुछ खत्म हो गया और स्त्री उसके पास आई बोलिए क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है परमेश्वर की निंदा कर आ, और चाहे मर जाए तो मर जा बता रही है स्त्री की तेरे पास क्या कमी अब तो नहीं रह गया अब तेरे पास ऊंट नहीं है अब तेरे पास घोड़े नहीं है अब तेरे पास पैसा नहीं है तेरे पास धंधा नहीं है तेरे पास क्या है कुछ भी नहीं है अब तो परमेश्वर की निंदा कर यही होता है हमारे जीवन में यही होता हम जांचते हैं हम तोलते हैं आप दुनिया के पास जाएंगे दुनिया आपको तोलेगी क्या आपके पास क्या है अयुब का कहता है सुनिए उसने उससे कहा हाँ? तू एक मूर्ख स्त्री की सी बात करती है मूर्ख मूर्ख आदमी ही अपनी सांसारिक चीजों को परमेश्वर की आत्मिक चीजों से तोलेगा जो आत्मा का जो आत्मा की शक्ति को महसूस कर पाएगा जो आत्मा को चख लेगा ना उसे संसार का सुख कोई मायने नहीं रखता कोई मायने नहीं रखता तो क्या बोलता है मूर्ख स्त्री पेड़ा, पेड़ा, पेड़ा। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले। आ, इन सब बातों में भी ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया दुख ना, ले। आपका, है। जिसे ना आपका, आपका आपका पिता पिता है आपकी इच्छा पूरी नहीं करता क्या उसे पापा नहीं कहते क्या उसे बाप नहीं कहते आप है आज अगर आपके पिता की नौकरी छूट जाए और वो आज कहे कि भाई भाई कल तक मैं आपको चिकन खिलाता था आज मैं सिर्फ रोटी और नमक खिला सकता हूं तो क्या आपका पिता नहीं है हम क्यों परमेश्वर को तोलते हैं? वो हमें दे या ना दे वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है क्योंकि वो हमें इतना कुछ दे चुका है उसके इकलौते पुत्र के द्वारा उसने हमें शुद्ध किया है पवित्र किया है और अपना पुत्र बनाया है उसने अपनी धार्मिकता दी है हमें उसने अपनी आत्मा हमारे अंदर रखी है अयुब जानता है इसलिए वो कहता है कि मैं दुख ना लूं, क्यों क्योंकि अयुब प्रेम करता है परमेश्वर से जो परमेश्वर से प्रेम करता है ना वो दुख में भी परमेश्वर की योजनाओं को ही देखेगा यस yes, कुछ ना कुछ जरूर मेरे लिए परमेश्वर की योजना है आज काम नहीं है कोई बात नहीं मेरा परमेश्वर काम कर रहा है मेरा ईशु काम कर रहा है अभी भी ईशु खाली नहीं बैठा है उसका काम पूरा नहीं हुआ है धरती का काम उसने कर दिया है लेकिन स्वर्ग में जाकर हमारे लिए अभी भी सेविकाई कर रहा है परमेश्वर के दानी और बैठकर मध्यस्थी कर रहा है और आपको बता दूं अभी भी यीशु मसीह के जख्म सूखे नहीं हैं अभी भी उसके हाथों में कीलों के निशान हैं वो जख्म लहू बह रहा है उसके पैरों का लहू बह रहा है जब वो आएगा ना तो उस लहू का चिन्ह लेकर आएगा क्योंकि बाइबल कहती है उस समय तक बहुत लोग उठ खड़े होंगे कि मैं मसीह हूं मैं मसीह हूं मैं मसीह हूं वो मसीह जब आएगा तो बताएगा कि मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है बोलिए बेटा तो वो जो कहता है अयुब कहता है कि साहब मूर्ख औरत क्या मैं परमेश्वर से सुख लू दुख ना लू हे hey क्यों देखिये उसके बाद क्या हुआ उसके तीन दोस्त आए और तीन दोस्त उसको कह रहे हैं ने कुछ तो तूने काम किया है कुछ तो गड़बड़ की है कुछ तो तूने पाप किया है ऐसा ही परमेश्वर सजा नहीं देगा <चारीज्च> मेरे भाई आप जानते नहीं परमेश्वर को जो परमेश्वर को नहीं जानता है ना वो संदेह करता है जो परमेश्वर को नहीं जानता है वो संदेह करता है आपका पता है जब आपने बप्तस्मा लिया परमेश्वर ने क्या दिया आपको पता सबसे पहले विश्वास का वरदान क्या दिया आपको क्या दिया क्या दिया क्यों विश्वास का वरदान दिया और कौन सा विश्वास आपको दिया है पता आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण यह विश्वास आपको दिया है उसने और क्यों दिया है क्योंकि वो चाहता है जो आपको दिया है विश्वास दिया है आप विश्वास से विश्वास की ओर आगे बढ़े रोमियो एक का सत्र आप देखिए कि आपको विश्वास से विश्वास की ओर आगे बढ़ना है लेकिन आज भी जो आज का मसीह है वो संदेह से विश्वास की ओर आगे बढ़ रहा है इसलिए सुख नहीं भोग पा रहे हैं आप संदेह नहीं मेरा अच्छा होगा नहीं होगा मेरी बेटी की शादी होगी नहीं होगी मुझे इन सारी चीजों से मेरा ईशु आजाद कर गया है मैं आप शारीरिक नहीं हूं मैं आत्मिक हूं तो उसके तीनों दोस्तों ने कहा कि तूने कुछ तो पाप किया होगा ये तो कमी है तुझमें उसके दोस्त उसको कमियां दिखा रहे थे कि तेरी ये कमी है तेरी ये कमी है तेरी ये कमी है, है। अयुब क्या कहता है पता है? पढ़िए बेटा अगला पढ़िए आठ का ए, दस का आठ और बारह जोबेन एट एंड ट्वेल्व रचा है आ, और, जो, और जोड़ कर बनाया है जब जब दोस्त दोस्त उसकी बुराई कर रहे थे जब दोस्त उसको कमियां दे रहे थे जब दोस्त बता रहे थे कि तेरे अंदर ये कमी है परमेश्वर ने अब तुझे क्या नहीं दिया तो क्या बोलता है कि तूने मुझे तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है आपको पता है परमेश्वर ने पिता ने आपको अपने हाथों से रचा है आदम को कैसे रचा है उसके हाथों के स्पर्श से वो रचा गया है हमें जो रूप दिया है परमेश्वर ने अपने हाथों से दिया है इसका दसवां पढ़िए बेटा बारवा बारू तूने मुझे जीवन दिया आ, और मुझ पर करुणा की है आ, आगे? और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। इतना सब कुछ का चला गया। फिर भी वो क्या कह रहा है कि तूने मुझे जीवन दिया है आज जो ये सांस ले रहे हैं ना आप आज जो ये जीवन जी रहे हैं ना हम ये उस परमेश्वर की कृपा है आप जो हम देख पा रहे हैं आज जो हम सुन पा रहे हैं आज जो हम समझ पा रहे हैं आज जो हम अपना काम कर पा रहे हैं यह परमेश्वर की कृपा है उसकी करुणा है उसने आप तक हमें को बचा के रखा है क्या कम है हेलो, जाइए आप हॉस्पिटल में जाइए कब्रिस्तान में आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या है उस दिन आप भूल जाएंगे यह कहना कि मेरे अंदर यह कमी है परमेश्वर को नहीं अच्छा लगता कि जब आप कहें कि मुझ में ये, मेरे अंदर ये पास नहीं है ये पास नहीं है मेरे ये नहीं है मेरे अंदर नहीं शैतान आपको यह चाहता है कि आपको बताएं कि आपके पास क्या नहीं है जो है उसकी कीमत को समझिए जो है उसके महत्व को समझिए जो जानिए इसलिए अयूब ने अपने दोस्तों से कहा कि उसने मुझे जीवन दिया है और और इसी अयूब का 19 का 25 छब्बीस देखिए 25 छब्बीस अयूब क्या कहता है अपने दोस्तों से कि मैं विश्वास करता हूं कि मेरा परमेश्वर आएगा हाँ ले लो पढ़िए बेटा 19 का 25 मुझे तो निश्चय है आ, कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा खड़ा होगा एमें? क्यों हमें यह विश्वास करना है क्यों ये हमें विश्वास करना है क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को 2020 साल पहले भेजकर हमें आशीष दिया है हमें बताया है कि उसके पुत्र ने हमारे लिए बलिदान देकर अपने आप को जीवित किया ताकि हम धर्मी ठहराएं। बहन इसलिए अयुब कहता है कुछ भी हो जाए मेरा छोड़ाने वाला आएगा क्योंकि वह जीवनदायक है हमें मेरे भाई अपनी कमियों को नहीं देखना कि मेरे पास क्या नहीं है मेरे पास क्या है हमें देखना है तब आप उसकी शक्ति को महसूस कर पाएंगे तब आप महसूस कर पाएंगे कि वो आपके साथ चल रहा है हिमैन प्रभु चाहता है हम क्यों नहीं महसूस कर पाते कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ चल रहा है क्योंकि हमारा ध्यान संसार की तरफ है संसार की चीजों पर है जिस दिन हम अपने मन को प्रभु में लगाएंगे उस दिन हम उसको पाएंगे उस दिन हम महसूस करेंगे yes. अच्छा है दुख अच्छा है परीक्षाएं भजन संहिता एक सौ का 71 वन पढ़िए भजन सहिता एक 119, उन्नीस वन वन नाइन सेवेंटी मुझे जो दुख हुआ आ, वो मेरे लिए भला ही हुआ आ, आ, आप कह, आप क्यों चर्च आए पता है आपको किसके लिए आए चर्च कोई दुख था जो आपको चर्च लेकर आया है कोई प्रॉब्लम थी जो आपको चर्च लेकर आई है खुशहाली में तो नहीं आए वो क्या कह रहा है दाऊद अच्छा हुआ कि मुझे दुख हुआ अच्छा हुआ कि मैं परेशानी में पड़ा अच्छा हुआ कि मुझे बीमारी हुई अच्छा हुआ कि मुझे अशांति हुई रातों को नींद नहीं आती थी डर लगता था अच्छा हुआ भला हुआ दोबारा पढ़ो बेटे 71 मुझे जो दुख हुआ आ? वो मेरे लिए भला ही हुआ आ? जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं सकू जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं मैं जान सकूं तेरी योजनाएं क्या हैं मैं जान सकूं तुम तो मुझसे कितना प्यार करता है क्योंकि बाइबल बताती है भजन सीता का कदों में कि उसने हमें सत्यानाश के गड्ढे में से निकाला है उसने हमें दलदल की कीचड़ में से निकाला है और चट्टान पर खड़ा कर दिया <प्राथा> जिस दिन आप ये महसूस कर लेंगे ना मेरे भाई कि आप क्या थे आज मैं महसूस करता हूं अपने घर में बैठकर जब मैं प्रार्थना करता हूं और धन्यवाद करता हूं तो मेरी आंखों में से आंसू निकल आते मैं बॉलीवुड में आठ नौ फिल्मों का हीरो रह चुका हूं सीगरेट की फिल्में थी लेकिन फिल्में थी मैं डायरेक्टर रह चुका हूं टीवी अनाउंसर रह चुका हूं न्यूज रीडर रह चुका हूं लेकिन मैं इतना अशांत था इतना डरा हुआ था मैं कर्जे में था और मैं उस समय आज मैं महसूस करता हूं कि वो समय मेरा दलदल में था कि मैं कैसे निकलूंगा मेरा घर कब्ज कब्जे आप कर्जे में गाड़ी बिक गई और मैं बॉलीवुड में किसी को बोल नहीं सकता हूँ कि मुर्पा मुझे इतना कर्जा है उसके ऊपर नशा मेरे ऊपर मैं दारू पीता था अगर प्रभु नहीं मिलता वाकई तो मैं आज कहीं चौल में होता या झोपड़पट्टी में होता कहीं परमेश्वर ने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से निकाला और दलदल की कीचड़ में से निकालकर मुझे उस चट्टान पर खड़ा कर दिया और यह सिर्फ मेरी गवाही नहीं है यह आपके साथ भी हुआ है हर गवाही का रूप अलग है लेकिन हर गवाही का सत्य एक ही है कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा और मर के जिंदा हो गया इससे आप झुटला नहीं सकते इसको आप नि निकाल नहीं सकते अपने जीवन से ईशु मसीह ने आपको रूप दिया और यीशु ही आपको एक अपनी आत्मा देकर आपको जीवन दे रहा है एक नई हिस्ट्री में आपको रच रहा है जिसने इसकी कीमत को समझ लिया याद रखिए जिसने भी इसकी कीमत को समझ लिया कि आपको मिला क्या है उस दिन से आपके अंदर एक सुख और आनंद की अनुभूति होती रहेगी आप दुख में भी गीत गाएंगे सुति आराधना करेंगे कितने ही आपके दुश्मन क्यों ना पैदा हो जाएं, क्योंकि आपको अंदर से पता है कि मेरा छुड़ाने वाला अभी भी जीवित है अयुब के दोस्त उसके दुश्मन बन गए थे वो बता है कि मेरा छुड़ाने वाला अभी भी जीवित है आपके चाहने वाला यस आपकी ऐसी परिस्थिति होगी आपका जो पड़ोसी होगा जो आपकी इज्जत करता होगा वो आपकी बेस्ती करने लगेगा आपके रिश्तेदार आपसे मुंह मोड़ लेंगे आपके दोस्त आपके दुश्मन बन जाएंगे लेकिन जिस दिन आपको यह एहसास होगा कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो एक दिन मेरे सामने आके खड़ा होगा खड़ा होगा और दुनिया को बताएगा 26 26 का जल्दी से 19 का छब्बीसवा अयुब 19 का छब्बीसवा पढ़िए जल्दी पढ़िए अयुब 19 का 26 जल्दी निकालिए और अपनी खाल से इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा सत्ताईस आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं लॉर्ड। उसे क्या कहा जिसे मैं देख देखूंगा जिसे मैं अपनी आंखों से देखूंगा दूसरा कोई और नहीं देख सकता शु मसीह को सिर्फ पौलुस ने ही उस एनकाउंटर को समझा दमिश्क में पौलुस के संग और भी लोग थे जो पॉलुस के साथ थे वो नहीं समझ पाए वो नहीं देख पाए पॉलुस ने देखा जिस दिन आप दुख में भी उसको याद करके कर, जो उसने दिया है उसके लिए धन्यवाद करेंगे ना तभी आप उसको देख पाएंगे अयुब क्या कहता है कि कोई दूसरा नहीं देख पाएगा क्योंकि जो मैं महसूस कर रहा हूं और कोई महसूस नहीं कर रहा है आप परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे जब तक आप परमेश्वर के करीब नहीं जाएंगे जब तक आप परमेश्वर को समझेंगे नहीं परमेश्वर क्यों आपके पापों को माफ करता है ताकि आप उसकी भलाई को देख सकें हेलो हिमैन अयुब कहता है उसे निश्चय क्योंकि जब उसके अंदर जब उसके जीवन में परीक्षाएं आईं उसने निंदा नहीं की उसने नहीं कहा कि परमेश्वर तुमने मुझे क्या दिया मैंने इतना खरा जिंदगी दी है मैंने हमेशा तेरा नाम लिया है जब भी मेरे बच्चे आते थे बाहर से मैं उनके लिए आपका बलि करता था मैंने तेरी हर विधि को माना है क्या किया तूने मुझे क्यों किया तूने मुझे क्या और क्यों उसने नहीं किया उसने कहा कि मैं अपने प्रभु को देखूंगा इमैन हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए एक मसीह बनने के बाद हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि मैं अपने प्रभु को देखू ट जिसे मैं देखूंगा जिसे मैं अपनी आंखों से देखूंगा दूसरा कोई और नहीं मेरा हृदय भीतर ही भीतर व्याकुल हो रहा है अयूब hey यह प्रार्थना नहीं कर रहा है कि मेरे बच्चों को लौटा दे अयूब यह प्रार्थना नहीं कर रहा है कि मेरे जानवरों को लौटा दे मुझे पहला जैसा अमीर बना दे नहीं वो ये प्रार्थना कर रहा है कि मैं तुझे देख सकूं इतना सब कुछ खोने के बाद कि मैं तुझे देख सकूं, मैं और देखूंगा अपनी आंखों से किन आंखों की बात कर रहा है वो मैंने आपको हमेशा कहा इफीसी एक का सत्रह और अठारह आपको प्रार्थना करनी है कि हे पिता परमेश्वर अपनी पूर्ण पहचान में मुझे ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर एक मसीह के लिए यह प्रार्थना बहुत जरूरी है रोज़ प्रार्थना आपको दस बार करनी चाहिए आप देखिए आपकी बुद्धि कैसे खोलेगी ये प्रार्थना रोज करिए इस प्रार्थना को अपना बना लीजिए ये पिता परमेश्वर अपनी पूर्ण पहचान में मुझे तुम्हें की जगह मुझे मुझे ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दीजिए ताकि ता मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर ताकि मैं तेरी बुलाई की ताकि मैं तेरी बुलाहट को जान सकूँ मैं उत्तराधिकार के उस आशीष को जान सकूं जो तूने मुझे दिया है। और वचनों को याद रखिए वचनों को बोला करिए आते जाते सिर्फ ये नहीं कि बाइबल आपने पढ़ी दो चैप्टर पढ़े और बस नहीं वचनों में खो जाइए उसके लिए अयुब के लिए वो जीवन नहीं है जो वो जीता था वो नहीं पाना चाहता है वो चाहता है कि मैं अपने पिता को देखूं, मैं अपने प्रमुख को देखूं जिसने मुझे जीवन दिया है, hey हिमैन कौन कर सकता है ये जो उसके महत्व को समझता है जो अपनी कमियों को नहीं देखता है इसलिए हमें अपने कमियों से बाहर आना है शैतान चाहेगा कि हम रोज अपनी कमियों को देखें आज मेरे पास ये नहीं है आज मेरे पास वो नहीं है आज मेरी पगार ये नहीं है आज मेरे धंधे में प्रॉब्लम हो रही है नहीं शैतान क्या चाहता है कि आप अपनी कमियों को देखिए और परमेश्वर से दूर हो जाइए लेकिन जब आप अपने अंदर जो है जो प्रभु ने आपको दिया है जब उसके महत्व को समझते हुए जब उसको देखेंगे तो आप अपनी कमियों में भी परीक्षाओं में भी प्रभु के करीब रहेंगे हा ललोहिया मुझे प्रभु को देखना है अपनी कमियों को नहीं देखना है एक और उदाहरण मैं बंद उदाह न्योमी आपने सुना होगा रूथ की सास उस समय न्यायियों का जमाना था न्याय न्यायियों की किताब आपने पढ़ी होगी युषु के बाद है साढ़े तीन सौ साल का पीरियड है जो न्याय की किताब लिखी गई थी आखिरी न्याय कौन था कौन था आखिरी न्याय हाँ लिलोया शैमिल पहला भविष्य वक्ता कौन था शेमिल। तो न्यायों की किताब में आप देखिए रूथ जो है वो न्यायों का अंत है तो उस मुआब के लोग मुआब वहां पर ने कब्जा किया हुआ था मुआब बहुत ही बड़ा अच्छा देश था बहुत प्रॉस्पर्ड देश था उस समय न्योमी जो बैतलम में रहती थी और बैतलम में अकाल आया तो क्या आया अकाल आया उसके जीवन में वो जानती थी परमेश्वर को बैतलम का मतलब क्या है घर में रोटी सलॉट तो बैतलम में जो रहती थी अकाल आया तो वो छोड़कर कहा गई मुआब में आ गई न्योमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसने हमेशा अपनी कमियों को इंपॉर्टेंस दिया मेरे पास क्या नहीं है वो उसको देखती थी हमेशा आज मेरे पास रोटी नहीं है भागो मुआब गई वो मुआब एक अशुद्ध जाति लूट और उसकी बेटियों से बड़ी बेटी का जो बच्चा था उसका नाम मुआब था तो मुआब एक अशुद्ध जाति एक परमेश्वर के घर को छोड़कर वो मुआब चली गई और वहां पर क्या हुआ उसके पति की डेथ हो गई दोनों बेटों की डेथ हो गई वो कहती भी है जब वो वापस आती है कि मैं क्या लेकर गई थी और मैं अधूरी आ रही हूं क्यों क्योंकि उसने अपने कमियों को इंपॉर्टेंस दी मेरे पास क्या नहीं है क्या जहां पर गई थी वहां कमियां पूरी हो गई नहीं पूरी हुई और दुखी हो गई वो ईशाक के बारे में आपने जाना देखिए यही आप इसाक के बारे में ईशाक जब था गरार में छब्बीसवा निकाली उत्पत्ति एक का उत्पत्ति का छब्बीसवा देखिए अध्याय छब्बीसवाम गया था मिश्र में बारहवें चैप्टर में उत्पत्ति बारहवें में, में जब ईशाक गया था अब तो ईसाक यहां पर था छब्बीसवें चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो वहां पर अकाल आया लेकिन उसने क्या किया लोग भाग रहे थे मिस्र की ओर जा रहे थे गरार से कहा जा रहे थे मिस्र की ओर अपनी कमिया देख रहे थे वो और भाग रहे थे और ईसाक ने पूछा परमेश्वर से कि मैं क्या करूं और परमेश्वर ने कहा तू वहीं रुक उत्पत्ति ट्वेंटी सिक्स तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा कौंसा? तीसरा दिया तीसरा वचन वो कहता है गरार से पूछता है ईसाक से ईसाक पूछता परमेश्वर से मैं कहाँ रहूँ उस समय बहुत भयंकर अकाल था गरार में लेकिन वो पूछता मैं कहा रहूं और परमेश्वर क्या कहता है बोलिए बेटा तू इसी देश में रह तू इसी देश में रह जहां पर अकाल है और मैं तेरे संग रहूंगा मैं हेलो आपको अकाल से फर्क पड़ सकता है आपको महंगाई से फर्क पड़ सकता है तेलों के दाम बढ़ने से आपको फर्क पड़ सकता है लेकिन परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता अकाल के होते हुए सारे लोग भाग रहे थे जहां अकाल होगा भाग रहे थे सब लोग लेकिन क्या कहा परमेश्वर ने तू यहीं रहे हमें कैसे जीना है परमेश्वर के मुताबिक रिस अलॉट क्योंकि ईशु हमारा चरवा है और वचन क्या कहता है कि वो मेरा चरवा है मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी <प्राँट्ण> इस एहसास को इस विचार को इस वचन को अपने आप अपने में बांध लीजिए कि परमेश्वर मेरा चरवा है परमेश्वर मेरा ढाल है मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी चाहे कैसी भी स्थिति आए चाहे कैसा भी अकाल आए चाहे कैसी भी कमियां हो मुझ में मेरे जीवन में लेकिन मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी क्योंकि परमेश्वर मेरा चरवा है इसलो क्या कहता है कि मैं तेरे संग हूं और इसाक वहीं रह गया और बाइबल बताती इसका बारवा वचन पढ़िए 26 का बारहवा फिर इसाक ने उस देश में जोता बोया हाँ और उसी वर्ष में सौ गुना फल पाया अकाल की भूमि में इसाक्स ने बोया आप सोचिए इस, जब अकाल की भूमि में हल जोतरा होगा तो लोग हंस रहे होंगे ये पागल है अकाल इसको दिखाई नहीं देता बारिश नहीं हो रही है भूमि सूख गई है पत्थर हो गए हैं भूमि में पत्थर हो गए और ये जल जोतरा है हल जोतरा ये पागल आदमी है यही आपके साथ है आपकी महंगाई बढ़ रही है आप कहते धन्यवाद लोग इधर उधर भाग रहे हैं आप कलिसिया में जा रहे हैं तो कहेंगे पागल लोग हो गए यार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है कहां जा रहे हैं क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर उसके संग है इसलिए अकाल की भूमि में वो हल जोत रहा है और वचन कहता है कि उसी साल में उसने सौ गुना फसल काटी और बाइबल कहती है अगर आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां का राजा अभिमिलेख था वो एक साल में अभिमिलेख से ज्यादा धनी हो गया कौन था उसके साथ परमेश्वर जरूरी क्या है अपनी कमियों को मत देखिए आपको ये देखना है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है कि नहीं है मैं कहीं कोई ऐसा गलत काम ना करूं जो मेरा प्रभु मुझसे दूर हो जाए मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहे बस मुझे इस चीज को देखना है मेरे जीवन जीने के अंदाज से मेरे काम करने से मुझे संसार में जाना है कोई बात नहीं आप काम करना आपको संसार में जाना है लेकिन संसार में जाकर प्रभु का वापस आना है प्रभु के लिए वापस आना जिस तरीके से आप गए थे आपको पवित्र किया है परमेश्वर ने आपको पवित्र किया अपने लहू से यीशो मसीह ने इसलिए अगर आप संसार में काम करते हैं तो उसी पवित्रता के साथ आप संसार में जाए और उसी पवित्रता को अपने साथ रखें हमेशा तब परमेश्वर कहेगा मैं तुझे अपना पुत्र बनाऊंगा दूसरा पढ़िए इसीलिए प्रभु कहता है आ, उनके, बीच में, आ, आ, उनके बीच, में बीच में से निकलो और अलग रहो उनके बीच बीच में में से से संसार के निकलो और अलग रहो आगे और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ हमें ये ध्यान देना है कि मैं संसार में तो जा रहा हूं लेकिन कोई अशुद्ध वस्तु तो मैं नहीं छू रहा कोई अशुद्ध वस्तु तो मेरे मुंह से नहीं निकल रही है कोई अशुद्ध वस्तु तो मेरे अंदर नहीं जा रही है मुझे अशुद्ध वस्तु से जीवन नहीं अपना चलाना है अशुद्ध वस्तुओं से अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और क्या बनाऊंगा इसका सोलवा क्या लिखा हुआ है कि तुम्हें अपना पुत्र और पुत्री बनाऊ अगला देखिए अगला सत्रह अठारह और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटिया हो आप सोचिए आपको वो अशुद्ध चीजें चाहिए कि परमेश्वर आपका पिता है ये चाहिए हे मेरा आप सोचिए कितना अच्छा वादा है वो कहता अशुद्ध वस्तुओं को मत छूओ छूने की बात कर रहा है वो क्योंकि आप जा रहे हैं आप संसार में जा रहे हैं हर चीज अशुद्ध है आपको अपने आप को बचाना है आपको बहुत इस तर्क रहना है कि मैं संसार में हूं कोई भी गलत चीज मेरे पास से ना गुजरे मैं छू भी ना क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि तभी तुम मेरे पुत्र कहलाओगे हिमैन मुझे उस अहदे को उस रिश्ते को किसी भी तरीके से बना के रखना है परमेश्वर मेरा पिता है इस ब्रह्मांड का रचयिता मेरा पिता है। हैलो इसलिए अपनी कमियों को मत देखिए आपको क्या दिया है परमेश्वर ने उसको देखिए जिस दिन आप उसे देखना शुरू कर देंगे उस दिन आपके चलने का तरीका बदल जाएगा जीने का तरीका बदल जाएगा उस दिन आप परमेश्वर को अलग तरीके से देखेंगे उसके वचनों में आनंद उठाएंगे परीक्षाओं से डरेंगे नहीं आप नहीं डरेंगे आप परीक्षाओं से आज काम नहीं है कोई बात नहीं हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे हाल धन्यवाद आज मेरे पास काम नहीं है धन्यवाद आज मैं प्रभु की स्तुति करूंगा हे मैं उसे बताऊंगा कि आज मेरे पास काम नहीं है मैं उसे बताऊंगा कि आज मेरे घर में रोटी नहीं है फिर भी मैं उससे प्यार करता हूं क्योंकि वो मेरा पिता है हिमैन और तब देखिएगा जिस दिन आप इस कदर से प्यार प्रार्थना करेंगे जिस दिन आप इस विश्वास के संग जिएंगे स्वर्ग खुलेगा और वर्षों की वर्षा होगी स्वर्ग खुलेगा और आशीषों की वर्ष आपके जीवन में होगी आपके सोचते से कि पिता ने अगर आपको पुत्र कहा है अपनी पुत्री कहा है वो यही छोड़ देगा आपको उसे नहीं पता कि आपको भूख लगी है उसे यह नहीं पता कि आपको चर्च चलाना है उसे यह नहीं पता कि आपको क्या चाहिए हेलो हलोह आप विश्वास का कदम बढ़ाइए परमेश्वर आपको हाथ से आगे लेके जाएगा इसलिए मेरे भाई मेरी बहन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आज से हम अपनी कमियों को नहीं देखेंगे हम वाचा बांधते हैं, वाचा बांधेंगे सब लोग मेरे साथ जो मैं बोलूंगा मेरे पीछे बोलिए हे पिता परमेश्वर एक साथ आवाज आनी चाहिए हे पिता परमेश्वर आठ से, से मैं अपनी कमियों को नहीं देखूंगा आज से पिता परमेश्वर मैं सिर्फ अपनी आंखें अपना मन अपनी दृष्टि सिर्फ तुझ पे रखूंगा ईशु मसीह के नाम से हे मैं भी होता रहे होने दीजिए मैंने परमेश्वर के संग वाचा बांधी है। मैं परमेश्वर का हूं और मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा जैसे अयुब ने कहा मैं जानता हूं कि एक दिन परमेश्वर मेरे सामने खड़ा होगा विश्वास करिए मेरे भाई मेरी बहन मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा कितने विश्वास किया कितने ग्रहण किया इस वचन को हमको ग्रहण करना है और अपना बनाना है ये YouTube पे भी आता है वचन इसको एक बार नहीं आप दस बार सुनिए और इस वचन को अपना बनाइए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए रेस अलॉट गॉड बोहिया हाल लोहिया जोर से तालिया बजाइए पिता परमेश्वर के लिए पवित्र आत्मा के, के लिए कोई बोलेगा हाल लोहिया हालिया हाल लोया